मान असल वरम ताला बरकता प्यारे दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे तो मुझसे मत पूछो, मैं क्या तलाश करता मुझसे मत पूछो मैं क्या तलाश करता हूं गुनाहगार हूं पता तलाश करता हूं जमीन पे अर्शे मोल्ला तलाश करता हूं कसम खुदा की मदीना तलाश कर जितने भी मुल्क आ रहे हैं अल्लाह चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो मौला हर कदम पर इन्हें कामयाबी नारा सिर्फ ले जा रहे हैं मौला इनके सफर में कामयाबी असाफ़ लगावत बलैयात बीमारी मुसीबत परेशानियों से इनकी हिफाजत कर आप सभी इस प्यारी सी वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें लोग भी उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं तो प्यारे दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में सवाब की नीयत से, से शेयर जरूर करें अल्लाह आपको इसका अजर देगा आपने अभी तक हमारे चैनल व्हाट्स ऑफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल यानी घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम इस्लामिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारी नई वीडियो को देख सकें तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह